कम टू जय ईरा करेंट अफेयर तो चलिए दोस्तों आज है 26 नवंबर 2020 तो आज के कुछ करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे तो चलिए आज के क्वेश्चन पे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पच्चीस नवंबर को मनाया जाता है ऑप्शन बी तो चलिस डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों को और मुद्दों की वास्तविक प्रकृति के अधीन तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा गरीबी एच और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है तो चलिए दोस्तों अब निस्कन पे चलते हैं। है। हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज ने पहले इंटरनेशनल एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता तो पहली भारतीय फिल्म इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिल्ली क्राइम ने जीता ऑप्शन सी तो चलिए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं ओ प्लेटफॉर्म नेटीफ्लिक्स सो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता दिल्ली क्राइम अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली वेब सीरीज है यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह के मुख्य किरदार निभाया है तो चलिए दोस्तों पे चलते हैं निस्कन है गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है तो गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस चौबीस नंबर को मनाया जाता है ऑप्शन बी तो चलिए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं हर साल बीच को सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान के याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को देश भर में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर ने चौबीस नवंबर सोलह को धर्म मानवीय मूल्यों आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय के भी नहीं थे तो चलिए दोस्तों अब निश्कुशन पे चलते हैं निश्चन है हाल ही में अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया तो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में किया गया ऑप्शन बी तो चलिए इस कुछ डिस्कस करते हैं। में 23 से 24 नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया भारत भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया इस सम्मेलन की सहमेवानी संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने की अब अफगानिस्तान की बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी है अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी अफगानी है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषाएँ पश् और दरी है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चांग फाइव आंतरिक देश द्वारा लॉन्च किया गया तो चांग ई फाइव चीन द्वारा लॉन्च किया गया ऑप्शन सी तो चलिए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं चीन ने पहली बार चांद पर नमूने को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चांग ई फाइव लॉन्च किया इस मिशन का उद्देश्य लूनर नमूना से संबंधित दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है अब तक केवल दो राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ चांद नमूने एकत्र करने में कामयाब रहे आखिरी मिशन उन्नीस सौ छिहत्तर में सोवियत संघ का लूना ट्वेंटी फोर मिशन था तो चले दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ने हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किस राज्य में किया गया तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन पंजाब में किया गया ऑप्शन बी तो चलिए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथले जिले के फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया अब तक देशभर में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं जिनमें 20 को चालू किया जा चुका है पंजाब की बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई तो हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरुआत किया गया ऑप्शन सी तो चले इस पर कुछ डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत करने में साथ साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग सुगर रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की इस अभियान के तहत स्वस्थ आयुर्वेद महिला और बाल विकास पंचायती राज विभागों जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों से युक्त लगभग आठ हजार टीमों टीमें इस अभियान में कार्य करेगी यह लोगों के स्वास्थ्य मापदंडों के डोर टू डोर डेटा संग्रह को सुनिश्चित करेगा अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बांडरू दत्तात्रेय हैं तो चले दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया तो चले दोस्तों अब इस पे कुछ डिस्कस करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के दस वर्षों के लक्ष्य को मात्र चार वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टी टू प्रदान किया गया टी टू का लक्ष्य टाइगर्स टाइम टू यानी बाघों को दोगुना करना है जो जंगली बाघों को दोगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने में प्रतिबद्धता को दर्शाता है इस टाइगर रिजर्व में 2014 से 25 भाग थे जिनकी संख्या 2018 में बढ़ के हो गई तो चले दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी बिलास बैंक का विलय किस बैंक में करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी तो लक्ष्मी बिलास बैंक को डी बी बैंक में विलय करने का मंजूरी दी तो चलिए दोस्तों अब इस पे कुछ डिस्कस करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी बिलास बैंक यानी एलबीबी का विलय डीबीएस बैंक इंडिया में करने की मंजूरी दे दी इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सत्रह नवंबर को सिंगापुर के डीएसबी डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ ऋणदाता का विलय का प्रस्ताव रखा अब डीबीएस बैंक की बात करते हैं डीबीएस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक और सीईओ ई ओ सोम हैं और डीबीएस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है डीबीएस बैंक लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई और चलिए चल अब लक्ष्मी बिलास बैंक की ओर चलते हैं लक्ष्मी बिलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना उन्नीस में हुई तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने महीने का प्रतिबंध लगाया तो हाल ही में आरबीआई ने ममता कोऑपरेटिव बैंक पर छ महीने का प्रतिबंध लगाया ऑप्शन सी तो चलिए अब इस पर कुछ डिस्कस करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के जलाना जिले में मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर छः महीने का बैन लगाया है साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जो सत्रह नवंबर 2020 को बंद होने के बाद छः महीने के लिए प्रभावी होंगे अब आर की बात करते हैं आर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के उप गवर्नर बीपी पी एमके एम के जैन एम डी और राजेश्वर राव हैं आरबीआई के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तो चले दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है तो वर्ष 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का दसवां संस्करण मनाया जा रहा है ऑप्शन बी तो चलिए दोस्तों कुछ डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का दसवां संस्करण आवासी आवासीय रूप से 25 नवंबर 2020 को शुरू हुआ विज्ञान प्रसार अपने विज्ञान लोकप्रियकरण प्रयास के एक भाग के रूप में चार दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर रहा है यह विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है तो चलिए दोस्तों अब कल के लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रस्ताव चलते हैं कल के लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रस्ता हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास सिमटेक्स 20 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो सिमटेक्स ट्वेंटी का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है ऑप्शन सी तो चलिए इस पर कुछ डिस्कस करते हैं भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ट्वेंटी का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी यानी आर एस एन द्वारा की जा रही है भारतीय नौसेना जहाज समेत स्वदेश निर्मित एस डब्ल्यू कार्वेट कॉमोर्ट और मिसाइल कार्वेट कमरुक ने अभ्यास में भाग लिया अब थाईलैंड की बात करते हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रिया चान ओ और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा थाई बाट है अब सिंगापुर की बात करते हैं सिंगापुर की राजधानी सिंग। सिंगापुर है और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिस्सियन लुंगा है तो चले दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया तो इसका सही सेंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हो सके तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें लिखने से क्या होगा कि आप लोगों की याद करने की शक्ति यानी क्षमता बढ़ेगी आज का वीडियो इतना ही धन्यवाद